तो व्हाट्सअप का तो कैसे आप सब उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप लोग एक ही सवाल पूछेंगे कि भाई बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था तो क्या है गया है ना मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जो मैं रिपेयर करने के लिए दिया था दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आप फ़ोनपे को जो है लॉग कर सकते हैं ठीक है इजी ट्रिक में आप कुछ लोगों को नहीं आता है लॉग करने के लिए ठीक है अगर आपको आता है तो ठीक है आप लॉगिन कर सकते हो और जिन लोगों को नहीं आता है मैं बता देता हूँ किस तरह लॉगिन किया जाता है फ़ोन पे को तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और जाके इस वाले बेलाइकन को भी प्रेस कर देगा वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ़ोन पे ओपन कर दिया है और ओपन होने के बाद ओपन हो रहा है गई ये ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दे दिए हैं आपको कौन सा नंबर से है जो ऐसे लॉग करना है तो हम लोग अभी फर्स्ट वाले नंबर से आपको यहाँ लॉगिन करना है आप उस वाले नंबर से लॉगिन कर लें यहाँ पर आपको जो है ओ भेजा जाएगा तो यहाँ हम लोग ओ टी पी करते हैं जैसे कि दस पे ओ टी आ चुका है और ओटीपी टी पी आने वालू जो है ऑटो ही मतलब ऑटोमेटिकली वो डन हो जाएगा ठीक है यहाँ पे सबको जो भी परमिशन मांग रहा है अलाउ करना है और अलाउ करती है कुछ चीज़ तो आपका जो इंटरफ़ेस आएगा मेरा यहाँ एड्रेस आ चुका है एड योर बैंक स्टैंड सेंडिंग रिसीव मनी यहाँ से आप एड बैंक पर जाके बैंक को जो है एड कर सकते हैं हम लोग अपने वाले प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए मेरा ये है और यूज़र मैम और मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको यूज़र नेम में आपका जो भी नाम है वो लिख सकते हैं जैसे कि मैं हेल्पिंग बाबा अनमोल लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस में आप अपना ईमेल डाल दें अपडेट चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ से और जैसे कि यहाँ पूछ के हम लोग यहाँ से जो है फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इस जगह पर जो फ़ोटो वाले ऑप्शन है और जहाँ जाके हम लोग यहाँ से फ़ोटो ले लेते हैं गैलरी से ओके हम लोग ने फोटो ले लिया गैलरी से लोग कर लेते हैं अपलोड अपलोड करने के बाद यहाँ जो है हमारा आ चुका है और यहाँ पे माइक क्यू कोड है तो यहाँ पे पहले हम लोग को ऐड बैंक अकाउंट पे जाके यहाँ जो है अकाउंट को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं अगर आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना चाहते तो भी आप नहीं कर सकते फोटो अड नहीं भी कर सकते ठीक हैगा इस यार यहाँ पर आपको अगर आप अपना बैंक अकाउंट अगर जोड़ते तो आप जोड़ भी सकते हैं वरना नहीं जोड़ सकते हैं ठीक हैगा इस और uh, इसीलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे ठीक है इस